यार आज आपके लिए एक ऐसी लेके सेकंड कॉल आ गया अरे यार हर बार कॉल काट देता यारू मैं चलो इस बार उठा लेता हूँ हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। ah. ah. <laughs> <laughs> अरे अरे वहां पर कौन है यार बताओ यार किसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया यार बताओ यार मेरे को तो तुमने देवका दे दिया यार बताओ यार प्लीज क्या हो गया तुम्हारे साथ <laughs> <laughs>